चालु क्या दारी नीद न <laughs> <laughs> देखो वाले ये ये बिरوريا बोल बिरोरे जरा वाले को डर लग रहा है मैडम हम्म हम्म <Playing in> <thing>